Google का सीईओ दिन में 15 घंटे काम करता है गूगल का सीईओ दिन में 15 घंटे काम करता है और 15 घंटे काम करके महीने का एक करोड़ दो करोड़ तीन करोड़ डॉलर से पहुंचता हुआ लास्ट में 12 महीने की अच्छी डॉलर तक पहुंचता है ओके? और ये वारेन बफेट इसने जीवन में न गूगल में कभी काम किया ना नौकरी की ना और कुछ किया बस इसने गूगल के शेयर खरीदे इसकी सालाना इनकम पंद्रह करोड़ है गूगल जो एक दिन नहीं जाता